हेलो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं आईडी के बारे में दैट मींस आईडी होता क्या है कहां काम आएगा एंड्रॉइड के अंदर आईडी का क्या यूज है और एंड्रॉयड के अंदर कौन सी आईडी यूज होने वाली तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं आईडी का मतलब क्या होता है तो यहां मैंने आई डी आई डी एक, एक एप्रीवियशन है ठीक है तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट तो अब इसको समझते हैं एक एक पार्ट को अलग से तो सबसे पहले आता है आपका इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जैसे आप आईसी के बारे में सुना होगा आपने आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप तो आपकी चिप होती है जिसमें सारी चीज़ें एक ही जगह इंक्लूडेड होती है या फिर मैं अगर रियल टाइम एग्जाम्पल की बात करूँ तो वेनिटी वैन van. जैसे आप वैनिटी वैन van के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सोफा मिल जाएगा वहाँ पे टी मिल जाएगी वहाँ फ्रिज मिल जाएगा वहाँ आपको बेड मिल जाएगा ए मिल जाएगा कांच मिल जाएगा सब कुछ आपको एक ही वैन के अंदर मिल जाता है इसलिए उसको वैनिटी वैन कहते हैं मतलब उसको मैं इंटीग्रेटेड हाउस बोल सकता हूँ यहाँ फिर ऐसे समझे एक रूम है जिसमें आपको फ्रिज भी वहीं मिल जाता है लैपटॉप भी वहीं है टीवी भी वहीं है आपका बेड भी वहीं है सोफा भी वहीं है मतलब आपको उस रूम से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सारी चीजें आपको उस रूम में ही मिल जाती है तो वो क्या कहलाएगा इंटीग्रेटेड रूम कहलाएगा तो यहाँ इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि जब सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाए तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड अब आते हैं सेकेंड चीज के ऊपर जो कि आपका डेवलपमेंट डी फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट का मतलब होता है दी प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एनी मतलब कोई भी चीज़ आप डेवलप कर रहे हैं तो उसको कहते हैं डेवलपमेंट ठीक है अब वो कुछ भी हो सकता है आप ऐप्स बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं या कुछ भी चीज जैसे मैं अगर बिल्डिंग भी बना रहा हूँ तो मैं कुछ चीज़ को डेवलप कर रहा हूँ तो इस चीज को कहते हैं डेवलपमेंट जैसे इंडिया के अंदर पहले बिल्डिंग्स कम थी अब ज्यादा हो गई तो डेवलप कर लिया इंडिया ने यानी उस चीज को कहते हैं हम डेवलपमेंट ठीक है अब आते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट एनवायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक ऐसा एनवायरमेंट दे दिया या मतलब एक ऐसा एनवायरमेंट मिल गया जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट जो है वो इंटीग्रेटेड हो गई यानी कि डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड जितने भी रिसोर्सेज है आपको एक ही जगह मिल गए एक ही एनवायरमेंट में मिल गए तो उसको कहते हैं आई अब ये जो टर्म है ये यूज्ड होती है आपके लैंग्वेजेस के लिए यानी कि जिस लैंग्वेज के अंदर आपको प्रोग्रामिंग करनी है उसकी एक खुद की क्या होती है आई होती है जिसके अंदर आप उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं यानी कि उसके रिक्वायर्ड जितने भी रिसोर्सेज है आपको एक ही जगह मिल जाएंगे आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है आपको एक ही जगह इंटीग्रेटेड मिल जाएंगे तो उसको कहते हैं हम आईडी अब मैं एंड्रॉइड की बात करूं तो एंड्रॉइड के अंदर हम आईडी जो यूज करेंगे वो है एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे कि मैं बात करता हूं एंड्रॉयड की एंड्रॉयड स्टूडियो है वैसे ही जैसे जावा है अगर जावा के अंदर अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए होती है एक्लिप्स या फिर मैं बात करूँ नेटविंस की तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए आपकी डिफरेंट आई डीज ठीक है जैसे जावा के लिए हो गई एक्लिप्स या फिर नेटबिंस देन मैं बात करूं अगर आप पीएचपी कर रहे हैं पीएचपी की कोटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबलाइम यूज होता है इसको सबलाइम को एज आईडी नहीं कह सकते लेकिन काफी सारी चीजें आपको पीएचपी के लिए वहां मिल जाती है तो एंड्रॉइड के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो जावा के लिए एक्लिप्स एंड नेटबिंस वैसे ही आप सी सी प्लस प्लस के लिए एक आई का यूज करते थे जैसे कि क्यू बेसिक पे अपनी सी सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग करते थे तो वैसे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए आपका डिफरेंट आई यूज होता है अगर और एग्जांपल की मैं बात करूँ तो विजुअल सी जो है वो सी हैश या सी स्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए यूज़ आता है मतलब सी हैश और सी स्क्रिप्ट की अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है या उनका उनके अंदर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको विजुअल सी या विजुअल स्टूडियो चाहिएगा तो वो सारी चीज़ें क्या है उनकी पर्टिकुलर आई है ठीक है और अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड की तो एंड्रॉयड की जो आई है वो अभी पिछले चार पाँच साल में एंड्रॉयड स्टूडियो है उससे पहले जो आई यूज़ होती थी वो होती थी आपकी एक्लिप्स और नेट अब वो क्यों होती थी क्योंकि पहले कोई ऑफिशियल एंड्रॉइड के लिए आईडी नहीं थी तो पहले क्या होता था क्योंकि हम एंड्रॉइड की जो कोडिंग है एज अः लॉजिक पार्ट जो, जो बिल्ड करते हैं वो हम करते हैं जावा के अंदर और जावा की जो आईडी है वो है आपकी एक्लिप्स और नेट तो इसीलिए एंड्रॉयड की जो इनिशियल स्टेज पे जो डेवलपमेंट होता था वो किसमें होता था एक्लिप्स या फिर नेटबिंस के अंदर पिछले तीन चार साल से जब से एंड्रॉयड स्टूडियो आया तब से आपको सारी चीजें जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो में मिल जाती है इसलिए मोस्टली केसेस में आप देखोगे कि मतलब एक ही जगह पे सारी चीजेंट करके दे देगा तो उसको कहते हैं आईडी अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो की क्या है फास्टर कोडिंग विथ लेस एफर्ट देखो अगर आपको बार बार कोई चीज के लिए जैसे एक पर्टिकुलर चीज के लिए आपको किसी अलग सॉफ्टवेयर को यूज करना है एक पर्टिकुलर मॉड्यूल uh, के लिए किसी अलग सॉफ्टवेयर को यूज करना है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए आपको कुछ अलग सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो मैं उस सारी चीजों को अगर एक ही एनवायरमेंट uh, में इंटीग्रेट कर दू तो वो आपका टाइम बचाएगा और एफिशियंट होगा वो ज्यादा तो इसीलिए आई को क्या कहा जाता है फास्टर कोडिंग विद लेसर एफर्ट अब चलते हैं और कुछ बेनिफिट्स के ऊपर कि एक्चुअल में आईडी तो ये सारी चीजें कर ही रही है कि आपको सारी चीजें इंटीग्रेट करके उसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में दे देती है उसके अलावा क्या क्या चीजें रहती है आईडी के अंदर जो आपको एज ए फीचर मिलती है जब आप आईडी को यूज करते हो कोई भी प्लेटफॉर्म के अंदर तो फर्स्ट जो होती है आपकी एडिटिंग सोर्स कोड तो सोर्स कोड को आप एडिट कर सकते हैं मेन रीजन क्या है सोर्स कोड को एडिट करना तो वो आप कर सकते हैं दूसरा क्या होता है सिंटेक्स हाईलाइटिंग मतलब सिंटेक्स को वो रीड करेगा आइडेंटिफाई करेगा और आपको अलग अलग जैसे अगर आपने कोई चीज वेरिएबल्स ली है कुछ मैथ लिए कुछ, लिए, कुछ लिए तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग कलर में उनको दिखाएगा जिससे कि आपके लिए कोड को रीड करना और इजी हो जाए ह्यूमन रीडेबल हो जाए ठीक है उसके अलावा और क्या करता है ऑटो कंप्लीट सजेशंस आपको देता है यानी कि जैसे ही आप आई के अंदर लिखते हैं जैसे मैं कुछ वर्ड टाइप कर रहा हूँ फॉर एक्जाम्पल अगर मैं जावा का कोड लिख रहा हूँ तो मैं एक एक्सेस मोडिफाइड लिख रहा हूँ पब्लिक पब्लिक के लिए मैंने पी यू बी लिखा जैसे ही मैंने ये लिखा तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि पी यू बी से शुरू होने वाले कौन से से कीवर्ड है जो यहाँ यूज आ सकते हैं तो मेरे को ड्रॉपडाउन में दिखा देगा देन मैं उसको फास्टली उनमें से कोई सा एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा अगर वो मेरे को वहाँ पे जरूरत तो लग रही है उसकी तो उससे क्या होगा मेरे को पूरा कोड लिखने की जरूरत है मेरे को सजेशन के थ्रू मेरा जो कोडिंग टाइम है वो बच जाएगा उसके अलावा आईडी क्या करता है अगर आप कोई कंपाइल टाइम एरर क्रिएट करते हैं तो उसको भी आइडेंटिफाई करता है और आपको बता देता है कि देखो यहाँ पे एरर आ रही है या फिर आप कोई ऐसा कोड लिख रहे हैं जहाँ पे एरर जनरेट हो सकती है रन टाइम में तो वो आपको सजेशन दे देता है या फिर वार्निंग दे, दे देता है या फिर आप कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जैसे कि टाइपोइन वर्ड आपने कोई ऐसा वर्ड लिखा जिसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है या वो केस सेंसिटिव नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी वो आइडेंटिफाई करके आपको एज ए सजेशन पुट कर देता है तो वो सारी चीज़ें भी आपको आई में मिल जाती है उसके बाद में आता है बिल्डिंग एग्जीक्यूटिबल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने कोड तो लिख लिया लेकिन जब तक मैं उसको बिल्ड नहीं कर पाऊंगा तब तो क्या सेंस तो ID के ये भी आप क्या करेंगे बनाएंगे ताकि उस प्लेटफॉर्म पर सॉफ्टवेयर को आप चला के रन करके देख सके या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके तो उसके लिए एक्जिक्यूटेबल बनाना बहुत जरूरी है उसके बाद में आता है डिबर्गिंग करना यानी कि मैनुअल टेस्टिंग चला के रन भी तो करना पड़ेगा एक सॉफ्टवेयर डिवाइस के ऊपर या एक मोबाइल डिवाइस के ऊपर या टैबलेट किसी के ऊपर भी जिसके लिए मैंने ऐप बनाया तो ये सारे फीचर्स जो है वो आपके आईडी में मिल जाते हैं तो आज की क्लास में हमने आईडी के बारे में समझा कि आईडी क्या होता है क्या मतलब होता है क्यों आईडी की जरूरत होती है प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट के अंदर जब भी हम कोई कोड करते हैं तो हमें क्यों आईडी की जरूरत पड़ती है और एंड्रॉइड के अंदर आपको किस आईडी की जरूरत पड़ेगी और क्या उसका बैकग्राउंड रहा पहले कौन सी आई यूज आती थी अब कौन सी आई यूज आती है तो आज की क्लास के लिए इतना ही थैंक यू